टेक्सटाइल इंडस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान जिस भी आदमी को थोड़ी बहुत भी सीखने की ललक होती है भूख होती है इस वीडियो में उसको स्वाद आ जाएगा

ये वीडियो में ना मेरे को भी बड़ा मजा आया है एक्चुअली हाँ ये एमबीए कराने वालों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो फॉर्मुला फ्रेमवर्क दूंगा ये आपने कहीं एक जगह पे वो दस ट्रेटेजी इकट्ठी नहीं सुनी होगी नमस्कार विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं फाउंडर एंड सीईओ बड़ा कॉम बहुत दुखी रहते थे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर बहुत लोगों ने बोला कॉमेंट बॉक्स कॉमें में टेक्सटाइल भी वीडियो बनाऊ टेक्सटाइल भी वीडियो बनाओ वापस आ चुका हूं आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी बात करूंगा आज मैं आपको रिटेलर से लेकर मैनुफैक्चर तक गेम चेंज करेंगे पीछे मैंने कोई अच्छे वीडियो दिए वो जरूर साथ में चेक कर लेना एक मैंने क्रेडमेट का वीडियो दिया आपको जिसने मैंने

कर्जे से कर्जा कैसे मिल सकता है आपको पैसा कैसे मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो भी और बाकी टाइम मैनेजमेंट कुछ टेक्निक्स और यूट्यूबर के ऊपर शेयर मार्केट पे कुछ वीडियो डाले थे मैंने समस्याओं का समाधान घटेगा बिजनेस में नुकसान बढ़ाओ कस्टमर अटेंशन खत्म हो जाएगा कॉम्पिटिशन यह ज्ञान बढ़ा देगा आपका नाम कैसे बेचे सामान कस्टमर केवल याद रखेगा आप ही का नाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एम करने वाले हम रिटेल

कपड़ों का रिटेल कपड़ों का व्यापार व्यापारी ये जो है ना एक कस्टमर का बिजनेस होता है इसमें आपको दुकान के अंदर शोरूम में कुछ एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट रखनी चाहिए तभी कस्टमर आता है वैसे तो रिटेलर बहुत सारे हैं लाखों रिटेलर हैं हमारे देश में इतना कंपटीशन है इतनी स्कीम इतने डिस्काउंट तो रिटेलर अलग से कैसे निकल के आए कपड़ों का व्यापारी क्या करेगा इस इंडस्ट्री में होता क्या है इसमें कौन छाता है करोड़ों रुपया कैसे कमाया जा सकता है सुनना मेरी बात को अगर इसके अंदर जैसे खाने की इंडस्ट्री होती ना फूड उसको पहले देख के खाते हैं आंखों से खाते हैं फिर जबान से खाते हैं

कपड़ों में भी ऐसे होता है आ? कपड़ों में भी ऐसे होता है पहले आप कपड़ों को देख करके पहनते हो मन से उसके बाद एक्चुअली पहनते हो तो शोरूम आपका ऐसा होना चाहिए कपड़े ऐसे होने चाहिए देखने में अच्छे लगे बड़ी ल्यूकलेटिव इंडस्ट्री है दस लाख रिटेलर है आज हमारे देश के अंदर कपड़ों के और ब्रेक इवन पॉइंट इसका बहुत ईजी आसानी से अच्छी हो सकता है अगर पचास परसेंट एफिशियंसी भी करें तो ब्रेक इवन तुरंत मिल जाता है आपको उसमें

छोटा रिटेलर भी इसमें लॉस नहीं करता लेकिन अगर ठीक से चलाए तो आ, आपका रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी है रिसेशन प्रूफ बिजनेस है थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज होते हुए फैशन को रिस्पॉन्ड कर लिया छा जाओगे दस स्ट्रैटेजी दे रहा हूं पहला रिटेल के अंदर सेल्स सेल्स नहीं होती है कपड़ों के शोरूम में भी सेल्स सेल्स नहीं है परचेज सेल्स है आ, क्या मतलब हुआ इसका इसमें ना सारा गेम परचेज में है परचेज

आपको क्या ब्रांड लेना है क्या डिजाइन लेना है कौन सी सीजन में चलेगा किस प्राइस का चलेगा गेंद सारा परचेज में है जितने भी मैंने कपड़ों के शोरूम देखे हैं वहां सारी गड़बड़ तभी होती है जब उनके पास गलत माल पड़ा होता है रिटेलर को एग्जीबिशन जाना चाहिए एग्जीबिशन में जाकर के स्टडी करना चाहिए मार्केट क्या ले रही है ऐसा नहीं कि आपको जो आकर के स्कीम दे गया है

जो आपको आके मिठाई का डब्बा देगा भैया ये कपड़े ले लो हमारे बहुत बढ़िया ऐसे बहुत सारे एजेंट्स आएंगे बीच में वहीं सारा गेम खराब होता है परचेज सीख लो पहले क्या होता है परचेज करते कैसे फैशन और रेलेवेंसी के हिसाब से पब्लिक डिमांड ट्रेंड्स और रेलेवेंट स्टॉक के हिसाब से हमारे को लेना है परचेज लाइफ है बाय राइट सेल राइट सही खरीदा आसानी से अपने यहाँ बिक जाता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है मेन मुद्दा क्या है धंधे के अंदर जब आप गलत माल लेके रख लेते हो तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है माल पुराना होता है कपड़ा पुराना होता ही फैशन बदलते बिकना बंद हो जाता है

जब बिकना बंद हुआ तो गेम ओवर हो जाता है क्योंकि रॉन्ग बाइक आपने आपका अनस्टोल्ड स्टॉक मतलब आपका कैश फंस गया है इतने दिन से कपड़े पड़े हुए हैं मक्खी मार रहे हो आप बिक नहीं रहे हैं कैश आपका फंस गया है

ब्रांड जल्दी बिकते हैं फटाफट बिकते हैं स्कीम के चक्कर में मत आना डेड स्टॉक हो रहा है तो तुरंत निकाल दो उसको वाई वाई एनालिसिस करो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्या मैं गलत डिज़ाइन ले रहा हूं, क्या मैं महंगा या बहुत सस्ता ले रहा हूं, क्या मेरा सेल्समैन ठीक नहीं है या मैं डिस्प्ले अच्छे से नहीं कर पा रहा बेसिकली यही चार प्रॉब्लम होती है डिज़ाइन की प्राइस की सेल्समैन की और डिस्प्ले की ये चार चीज़ें ध्यान रखनी अपनी जरूरी हैं

बैड स्टॉक मत खरीदो गुड स्टॉक वेरी गुड स्टॉक लेना बैड स्टॉक मतलब के में आपकी सेल्स अच्छी नहीं करनी है परचेज अच्छी करनी है माल वही रखो जो माल अस्सी परसेंट बिकता है ये 20 तरह का माल होता है जो अस्सी परसेंट बिक जाता है और वही वाला बीस परसेंट तरह का माल उसको अस्सी भर लो अपने पास में

80% of that 20% जो आपको 80% देगा ये है मेन के अंदर इसको बोलते हैं या जो नहीं बिकता है जो है है उसको रखो 2-5% से ज़्यादा कभी मत यही मेन सारा सारा का ना माल को जमा करना परचेज मतलब मजा जमा मजा

जितना बढ़िया सेल्स करोगे उतना मजा आएगा आपको लेकिन क्या है जब आपका अगर जब जमा राइट है तो सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट वन द जमा इज राइट यानी कि परचेज इज राइट सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट बट वेन जमा इज रॉन्ग गलत सामान ले आए सेल्स डीले फॉर वेरी लॉन्ग मुद्दा यही है वन जमा इज राइट सेल्स बिकम इजी एंड लाइट वन जमा इज रॉन्ग सेल्स डीलेज फॉर वेरी लॉन्ग अगर आपने ईबीओ खोला है वहां तो आसान है

एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बोलते हैं मतलब एक कंपनी का शोरूम खोल लिया वहां तो आसान है वहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है जो बड़ा ब्रांड है वो खुद ही मर्चेंटाइल ढूंढने में आपको मदद करता है वही आपको कौन सा माल लेना है कितना माल लेना इस में क्या चलेगा मार्केट इंटेलिजेंस प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको बना के दे देगा हा? तो वहां पर आपके लिए क्योंकि अगर अच्छी सेल्स हो रही है तो आपके ब्रांड पर भी इम्पेक्ट करेगा तो वो खुद ही कंपनी करके दे देती है लेकिन अगर आपका ईबीओ नहीं है मल्टी ब्रांड आउटलेट है तो आपको परचेज समझदारी से करनी है दूसरा टॉकआउट इज पॉइजन

देखो जो माल ज्यादा बिकता है ना वो अगर स्टॉक आउट स्टॉक आउट मतलब क्या होता है कि भाई सामान खत्म हो गया है बिकने वाला माल वो खत्म हो गया है देखो अगर कुछ स्टॉक फालतू रखा है ना उसका जो नुकसान है आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मेरा पचास हजार का माल फालतू पड़ा है उस और वो बिक नहीं रहा बिक नहीं रहा बिक नहीं रहा मतलब पचास फंसा हुआ है लेकिन जो माल बिकता है वो नहीं है तो कितने सारे कस्टमर वो ले जाते जो ले नहीं गए वो आपको पता भी नहीं चलने वाला

तो जो स्टॉक आउट यानी कि माल ना होना यानी कि जो बिकने वाला माल है वो ना होना ये आपके धंधे के लिए जहर है अगर आपके पास स्टॉक कम पड़ा है अंडर स्टॉक है या गलत स्टॉक है इसका कारण होता या तो लैक ऑफ फंड आपके पैसे की कमी है वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं करना आ रहा है या माल अगर जल्दी बिक के खत्म हो गया है इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि पुअर डिमांड फोरकास्टिंग है आपको आइडिया नहीं है आपके पास क्या बिकता है या फिर खत्म हो गया इसलिए खत्म होगा क्योंकि पीछे से आपको सही सप्लायर नहीं है वो सप्लाई डिले कर रहा है इसलिए

या आपको इन्वेंट्री ऑटोमेशन नहीं आता आप बात को समझे डिमांड होते हुए भी माल को ना बेच पाना ये बहुत बड़ा ब्लंडर है हा? कस्टमर भी चला जाएगा आपकी इमेज भी चली जाएगी और दूसरे के पास चला जाएगा तो आप क्या करिए परेटो प्रिंसिपल जो मैंने बताया था जो 20 परसेंट माल 80 परसेंट बिकता है उस माल का हर महीने फ्रेश बाइंग करते रहो शोरूम ने लगेगा

फ्रेश बाइंग हर महीने करते रहो शोरूम नया लगेगा आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी आनी चाहिए आपको ट्रेंड और फैशन पकड़ में आना चाहिए आप या तो ईबीओ खोल लो दो पाए या तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोल लो भाई जिस कंपनी वो कंपनी खुद ही बता देगी क्या बिकता है क्या नहीं बिकता उसके पास ईआरपी हैं सॉफ्टवेयर हैं बता देगा और आप ई नहीं खोलना चाहते अपना ही एम चलाना चाहते हो तो फिर ईआरपी खुद लगा लो

रेडी सोल्यूशन आजकल ईआरपी के बहुत सारे आ रहे हैं वो लगा लो काम हो जाएगा तीसरी स्ट्रेटजी पे ध्यान देना लोकेशन जो है ना इसमें बड़ा गेम चेंजर है आपके शोरूम का आपके स्टोर का आपकी कंपनी का लोकेशन कहाँ पे है फिजिकल लोकेशन से बात बनती है भैया अगर लोकेशन कमजोर है कस्टमर ही नहीं आ रहा तो बेकार है आपका जो प्राइमरी कस्टमर है ना जो साठ से कस्टमर ऐसा होता है जो माल खरीदता है सेकेंडरी मतलब पंद्रह कस्टमर ही कभी कभी लेता है टर्सरी मतलब वो कस्टमर जो माल खरीदता ही नहीं है इसका कैलकुलेशन करना सीख लो ये कैसे मिलते हैं इसके कुछ तरीके होते हैं ये मिलते कैसे हैं क्या फैक्टर होते हैं आप जहां

खोल रहे हो वहां कस्टमर आपके काम के रहते कितने हैं? वो पढ़े लिखे कितने हैं? यहाँ पे चलने वाले पैदल ग्राहक कितने घूमते हैं इनकी उम्र क्या है जो प्रॉट आप बेच रहे हो वो उस उम्र के लोगों को देना है कि नहीं देना है किस प्रोफेशन के लोग रहते हैं आसपास

कुछ इलाके होते हैं जहाँ व्यापारी ज्यादा रहते हैं कुछ इलाके होते हैं जहाँ अपार्टमेंट होती हैं सोसाइटीज होती हैं हाई लाइट टावर वहाँ नौकरी करने वाला ज्यादा होते हैं इनकम क्रूब कैसा है लाइफस्टाइल कैसा है धर्म क्या है उनका प्राइवेट व्हीकल उनके पास है कि नहीं है उनकी उनकी स्पेंड करने की क्षमता कितनी है आसपास जहाँ अपने शोरूम खोला है वहाँ कोई मेट्रो जाती है क्या

कोई बस जाती है ऑटो आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पे, ये चीजों को देखो तब आपको समझ में आएगा यार यहां लोकेशन ठीक है यहां माल अपने को शोरूम खोल देना चाहिए चौथी स्ट्रेटजी बड़ी कमाल का गणित दूंगा इसमें मैं, ये रियल कंटेंट है भाई साहब ब्रांड गिवसर इन्वेंट्री टर्न ओवर क्या मतलब हुआ बेटर मतलब बेटर इसका मतलब समझो किस्टरी से समझाता हूँ मोबाइल के दो ब्रांड लेते हैं जेवनी और शाउमी

जो दुकानदार है ना उसको शाओमी केवल चार परसेंट मार्जिन देता है ज्योनी बारह परसेंट मार्जिन देता है लेकिन फिर भी कौन मतलब कमाई किस में जा रहा है ज्योनी में कि शाओमी में जियोनी में ज्योनी बारह परसेंट दे रहा है यानी कि आपने एक लाख रुपए का मोबाइल बेचा ज्योनी का तो आपको बारह हजार कमा लो गए का एक लाख रुपये का मोबाइल बेचा तो केवल चार ही कमाओगे तो आदमी कहे भाई ज्योनी ज्यादा रख लो लेकिन वो शावमी रखता ज्यादा पूछो क्यों क्योंकि समझो यहाँ पे दो आपके

बड़े अच्छे से खाने बने हुए हैं जहां आपने मोबाइल रखे हुए है कि नहीं, रैक अंग्रेजी में बोलते हैं यहां एक लाख रुपए का ज्योनी पड़ा, पड़ा है यहाँ एक लाख रुपए का शाओमी पड़ा है एक ही बार बिकेगा यानी कि एक महीने में एक लाख रुपए का आपने ज्योनी बेच लिया तो आपको उस पर कितना बच गया बारह के हिसाब से बारह हजार में बच गया लेकिन शाउमी इतनी तेज बिकता इतना ज्यादा बिकता इतना ज्यादा बिकता है कि ये एक लाख रुपए का माल बिक गया फिर आपने खरीदा फिर बिक गया फिर आपने खरीदा फिर बिक गया फिर आपने खरीदा

आपने तो फिर दस बार, बिक गया। इधर एक एक बार बिका का एक लिया चालीस हजार रुपये और यहां आपने एक लाख पे केवल बारह परसेंट बारह परसेंट देखने में अच्छा था पर एक ही बार बिका तो आपने बारह हजार कमाया था। तो इस लाख पे पेने में बारह रुपये महीने में आपने चालीस हजार रुपये कमाया

क्योंकि माल एक ही लाख का रखा था बिकरा आ रहा है बिकरा जा रहा है आप तो एक ही लाख का माल फंसाते हो ना अपना पैसा तो एक ही लाख फंसा दोनों जगह पे आपने पर ये कम बार बिका जियो नहीं तो यानी कि एक बार बिकने पे आपको बारह हजार कमा के दिया दस बार एक लाख का माल बिकने के कारण आपको चालीस हजार कमा के दिया उसको बोलते हैं इसका मतलब क्या भैया मतलब यह है कि अगर आप अच्छा ब्रांड रखोगे तो आपका ब्रांड बना देगा और लोकल आइटम रखोगे तो आपको भी जिंदगी भर लोकल बनाए रखेगा

माल वो रखो जो अपने आप बिकता हो मार्जिन थोड़ा माता कम भी हो तो भी चल जाता है आप आर ओवाई बहुत अच्छी कमा लेते हो बहुत बढ़िया कर लेते हो इसमें ना आप मैं साधारण भाषा में समझाना पसंद करता हूं ये जोनी के आइडिया से आपको समझ में आ गया होगा कपड़ों में मामले में भी ना कोई लोकल लल्लू लाल कपड़ा मत रखो ठीक ब्रांड का कपड़ा रखोगे हाँ लल्लू लाल हो सकता है आपको पचास मार्जिन दे दे ब्रांड आपको तीस मार्जिन दे पर आप ब्रांड में ज्यादा कमा जाओगे जल्दी जल्दी बिकता है स्टॉक बहुत तेज घूमता है और ये अगर फंसा रह गया ना आपका जियोनी फंसा रह गया

तो जो नहीं थ्री जी था टेक्नोलॉजी फोर जी आ गई मोबाइल बेकार हो गया भाई उसका रैम कम था और नया रैम आ गए ज्यादा रैम वाले मोबाइल आ गए टेक्नोलॉजी बेकार हो गई मोबाइल बेकार हो गया पड़े पड़े मोबाइल पुराना बेकार हो जाएगा आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी आपका भाई क्या होगा क्या करूं फंस गया मक्खी मारना उसके बैठ के एक और फॉर्मूला समझो इसको बोलते हैं स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला

स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला क्या इसे समझ में आ जाएगी आपको बात अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो ना तो भी ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको हाँ मैथमेटिक्स तो छोड़ो अगर आपने खाली दसवीं छोड़ो आठवीं छोड़ो पाँचवीं तक पढ़ाई करिए तो ईजी कर दूंगा हाँ सेल्स अपॉन स्टॉक का मतलब क्या है आपने सेल्स करी दो करोड़ की और माल आपने एक करोड़ का खरीदा यानी कि साल के एंड में आपके पास एक करोड़ का माल बचा लेकिन साल के एंड तक आपने सेल्स दो करोड़ की खरीदी कर कैसे करी होगी ऐसी करी ना कि भाई माल गया आया गया आया तो आपने माल आपने दो बार मंगा लिया

तो आपका जो माल फंसा था एक ही करोड़ फंसा था लेकिन माल आपने दो बार बेच दिया आप कई लोग इतने समझदार होते हैं इतने समझदार होते हैं कि एक करोड़ लगा करके पांच करोड़ की सेल कर देते हैं और कई एक्सट्रीमली बेस्ट होते हैं वो एक करोड़ लगा करके एक करोड़ का माल साल में दस बार बेच देते हैं यानी कि कपड़ों के शोरूम में उसको बोलेंगे दस करोड़ अपन एक करोड़ यानी कि उसका स्टॉक रोटेशन दस बार हो गया है आप समझो इसको ऐसे समझो भाई कुछ दुकानदार

पुराना माल पड़ा है वो थान में लिपटा हुआ है उस पर दाग पड़ जाते हैं जींस रखते किसी लोकल शोरूम में जाओगे दुकान पे वहाँ जींस जब वो खोल कर निकालेगा ना तो उसके घुटनों से जहाँ फोल्ड करी थी जींस उस पर लाइन सी आ जाती है देखिए आपने कभी कभी ब्राउन सी भूरे रंग की लाइन आती है क्योंकि माल पड़ा हुआ है उसका स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा पुराना माल पड़ा हुआ है खराब हो गया है उसका माल फैशन बदल चुका माल पड़ा हुआ है वही चक्कर है आपने अगर एक करोड़ का माल दस बार बेच दिया तो आपका स्टॉक रोटेशन दस है इसको आप ऐसे समझो फार्मूला से आसानी से

कि एक करोड़ का माल अगर आपने 30 परसेंट मार्जिन पे साल में एक ही बार बेचा तो आपको 30 लाख रुपए बचा लेकिन आपने दूसरी तरफ एक करोड़ का माल साल में पांच बार बेच दिया जल्दी जल्दी बेच दिया 30 परसेंट की जगह खाली 20 परसेंट मार्जिन कमाया तो 20 परसेंट मार्जिन

आपका एक करोड़ का होता है, 20 लाख लेकिन पांच बार बेच दिया यानी कि 20 लाख मल्टीप्लाईड बाय पांच एक करोड़ रुपया यहां 30 परसेंट मार्जिन के साथ आपने 30 लाख कमाया 20 परसेंट मार्जिन के साथ आपने एक करोड़ कमा लिया वो 30 लाख कमारा साल में एक करोड़ कमारा साल में एक ही अमाउंट फंसाया दोनों ने इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर थी पर उसकी बेचारे की कमाई साल के एंड में तीस लाख है इसकी कमाई साल के एंड में एक करोड़ है ये मजा मार रहा है इसके लिए करना क्या हुआ समझ में तो आ गया आपको चार महीने पुराना माल खरीदी के भाव पर बेच दो

अगर कोई जींस लेके आए थे आप पांच रुपए की चार महीना हो गया है अब 500 में बेच देना भाई 800-900 का खाब छोड़ दो अब 700 में मत बेचो, बेचो 500 में बेच दो चार महीना हो गया लेकिन अगर छह महीने तक सामान पड़ा रह गया कपड़ा आपके पास कोई तो 500 की जगह 450 में बेच दो कोई दिक्कत नहीं चार सौ में भेज दो कोई दिक्कत नहीं है पैसे छुट्टे हो जाएंगे आपके पचास हजार का माल फंसा पड़ा है ना पचास का माल चालीस हजार रुपए निकालो चालीस हाथ में तो आएंगे जब चालीस हाथ में आएंगे तो नया माल लेके आओ बहुत तेज बिकेगा कमा के भी देगा

जब जगह खाली होगी नया माल आएगा नया माल जल्दी बिकेगा जो शॉप है वो शोरूम लगने लग जाएगा अपने यहाँ कस्टमर के हिसाब से खरीदो भैया कई लोग आएंगे आपको स्कीम देंगे अरे भाई साहब तीन जीन्स ले लो साथ में तीन जीन्स फ्री दे रहा हूँ वो स्कीम है हो सकता है कस्टमर ना ले रहा कस्टमर वो कस्टमर वही लेगा जो कस्टमर को पसंद आता है कस्टमर के हिसाब से माल खरीदो स्कीम के हिसाब से नहीं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आके आपको स्कीम दे जाता है तो आपके लिए देखो एक चीज़ और अच्छी बनाता हूँ कार्रवाई अच्छा निकालना है ना टेलर रख लो अपने पास

टेलर के साथ बहुत कमाई होती है भैया शोरूम खोलना मुश्किल है टेलर रखना आसान है पर क्या शोरूम तो आप खोल लेते हो उसके बाद टेलर के खर्चे आपको चुभने लग जाते हैं आप क्या है कि आप एक डॉलर खर्च कर देते हो एक पेनी में दिक्कत आती है दो हजार का खर्च कर देते हो दो रुपए खर्च करने में दिक्कत आती है टेलर रखो देखो रेस्टोरेंट वही चलता जहां शेफ अच्छा हो

इसी तरह कपड़ों का शोरूम वही अच्छा चलता है जहां टेलर अच्छा हो शेफ लाना मुश्किल नहीं है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है आप अगर रेस्टोरेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज को समझना कि टेलर छोटी छोटी चीजें आपके लिए अच्छी इतनी तेज कर सकता है सर्विस के मामले में कि आपका कस्टमर वापस आता है अलॉट करके हुँ? मैं ना इस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर इसके अंदर यह जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें सिया एक अच्छा ब्रांड है

उसके जो ओनर है चेयरमैन हैं मिस्टर रमेश पोदार हमारी बड़ी मित्रता है उनसे बड़ा प्रेम है बहुत बहुत वार्म और कॉडियल रिलेशनशिप है मेरा तो मैंने सोचा कि टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं तो मैंने रमेश जी को फोन लगाया मैं कहा नमस्कार रमेश जी कैसे हैं वो नमस्कार बिंदरा जी बहुत अच्छे हैं बड़ा उनसे प्यार है वो मेरे को उन्होंने कुछ कपड़े भी गिफ्ट किए अपने बोले मैं सिया के सूट पहना बृंद्रा जी ये भी मैं सिया का सूट पहना हुआ है तो मैंने जब उनसे बात किया

मैं कहा उनसे भी थोड़ा सी ये समझता हूँ तो मैं उनकी भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ ये उन्नीस की कंपनी है भैया सीआर आम जे हेमस्टेड अकेडनी ऑक्सम्बर्ग भी बड़ा ब्रांड सब इन्हीं के 80 मिलियन मीटर जो है ना

बनाते हैं कि चालीस हजार आउटलेट पे माल बेच रहे हैं 100 करोड़ तो उन्होंने 1991 में पहला कर लिया देसी ब्रांड लेकिन इंटरनेशनल अपील है इनका ये रिलेशन इनके साथ ऐसा है कि इन्होंने देखा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इन्होंने भी रिटेलर्स के लिए एक इवेंट किया था और उसमें इन्होंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मुझे बोले कि आपसे इंस्पायर हुए आपके देखा देखी हमने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो सिया के रमेश पोदार जी से एक और स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आई स्पेस यूटिलाइजेशन इज रेवेन्यू मैक्माइजेशन कई बार लोग शोरूम खोल लेते हैं

अब एक भाई थे हैदराबाद के और उनका जो शोरूम था उनका जो स्टोर था वो 6000 स्क्वायर फीट का था 3000 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर पे 3000 स्क्वायर फीट फर्स्ट तो फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने बना रखा शोरूम बहुत बढ़िया चकाचक लाइट बहुत सुंदर मतलब अंदर घुसो तो देख के बड़ा हा मजा आ जाता और ऊपर उन्होंने बना दिया गोडाउन तो रमेश भाई वहाँ गए उनसे मिले उन्हीं का रिटेलर था तो रमेश भाई बोले अब सिया के चेयरमैन है तो सामने वाला बात सुनता भी उनकी बोला यार तुम गलती कर रहे हो

लोकेशन पे पे की सबसे महंगी रोड पे, तुम्हारा शोरूम है और फर्स्ट फ्लोर को तुमने बना दो स्पेस को यूटिलाईज करो स्पेस होगा रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा वही आदमी जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आठ करोड़ का टर्न कर रहा था खोलते ही वो बारह करोड़ पे आ गया पंद्रह करोड़ पे आ गया बहुत धन्यवाद किया

जो कि जब गोडाउन बनाना था वो सस्ती जगह बनाया खर्चा था तो तो अच्छे से डालो ट्रायल रूम बनाओ शीशे लगाओ डिस्प्ले शेल्थ अच्छे लगाओ डिस्प्ले काउंटर बढ़ाओ जितना अच्छे से स्पेस को यूटिलाईज करेंगे ना उतना रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है आपका अगला है छठा स्ट्रेटेजी इफेक्टिव ट्रेनिंग मतलब हायर कन्वर्जन आपने शोरूम बनाया

आपके शोरूम पे आपने कितने सालों की मेहनत करी है ना कितना पैसा लगा दिया आपने वहाँ पे कितना कुछ कर दिया आपने इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग कर दी उसकी आज उसकी इतनी इज्जत हो गई कि रोज़ सौ कस्टमर आ रहे हैं वहाँ पे अगर रोज़ सौ कस्टमर आ रहे हैं और आपका सेल्समैन इतना कमजोर है कि सौ में से खाली बीस को माल बेच पाता है हुँ? सौ में से वो बीस को माल बेच पाता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी कर दें वो सौ में से चालीस को माल बेच दें तो आपका टर्न एकदम डबल हो जाएगा

कस्टमर लाने पे आप खर्चा कर चुके हो पर उसकी ट्रेनिंग नहीं करी आपने ये छोटे करो आप जब किसी को हायर करते हो उसको इतना प्रेम दोनल फैमिली जैसा हो जाए और खुद के जो परिवार वाले हैं उनको इतना ट्रेनिंग दे दो वो की तरह काम करना कर दे मजा आएगा उसके बाद ट्रेनिंग का कल्चर बना दो

ंगस्टर्स को बहुत दिक्कत आती है उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा डेटा ड्रेवन अप्रोच रखो मेजरेबल गोल रखो नहीं तो एवरीथिंग गोल गोल हो जाएगा अगर मेजरेबल गोल नहीं होगा तो एवरीथिंग गोल गोल गोल गोल चाहिए या बड़ा जबरदस्त वाला गोल चाहिए

अपने मैनेजर को स्टोर कीपर को सेल्समैन को कस्टमर सर्विस एग्जीटिव को शॉप्फ्लोर सब सबको बढ़िया ट्रेनिंग दो इसको सारे रिटेलर्स के आप पूछा देना जितने भी भैया अपने टेक्सटाइल वाले हैं गेम चेंजर वीडियो में कुछ ऐसे फॉर्मूला दूंगा आपको मैं जो तो सेल्समैन ना बड़ा इंपॉर्टेंट टच पॉइंट होता है दस में से दो कस्टमर को माल बेच पा रहा था वो दस में से चार को बेचना शुरू हो गया अच्छी ट्रेनिंग दे दी आपने तो टर्नओवर डबल हो गया आपका तो आपका जो शॉप फ्लोर है

वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है उसको आप फीचर वर्सेस बेनिफिट की ट्रेनिंग दो भाई कपड़ों का फीचर मैं बताओ बेनिफिट बताओ उसको प्रोडक्ट की ओरिजिन हिस्ट्री एसेसरीज कैटलॉग प्राइसेस कपड़ों के डिफरेंट साइले यूके का साइल है यूएस का साइज़ साइलिए मेन का साइल लिए वुमेन का साहिल है फैब्रिक का उसको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कॉम्पिटेटर क्या प्रोडक्ट बेच रहा है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या उसका समझ में आ जाना चाहिए एटिकेट के साथ बात करें रैपो बिल्डिंग रिलेशनशिप बना करके माल बेचे कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को पहचाने डिफिकल्ट गुस्से वाला कस्टमर आ गया एकदम चिड़ा हुआ नकचड़ा

ऐसे वाला भी होते हैं ना कहीं हा? उसके साथ भी बड़ा कैसे वो डील करे समझाए और कैसे फॉलो अप करेंोफेल कर सके अगर कोट खरीदने आए तो अंदर के लिए शर्ट भी बेच दी साथ में हा? अगर वो ट्राउजर लेने आया तो ट्राउजर के साथ में सॉक्स भी बेच दिए उसको आपने अगर वो शर्ट लेने आई है तो अपने साथ में टॉप भी बेच दिया उसको

तो उसको क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग क्या है अगर वो 2000 वाला ले रहा है तो उसको 2000 की जगह 3000 वाला माल बेच दिया एस्पिरेशनल सेलिंग कर दिया कस्टमर का मन कैसे मोह ले ताकि सेल्स अपने आप ही हो ले कस्टमर का मन कैसे मोह ले सेल्स अपने आप ही हो ले इससे आपका आर निकल के आएगा गेम चेंजर है सातवीं स्ट्रैटेजी कीप एन आई ऑन के पी मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कुछ फॉर्मूलाज रखने चाहिए अपने स्टाफ के तरह अपने ऊपर भी रख सकते हो बेटा झूठ बोल सकता है डेटा झूठ नहीं बोल सकता फॉर्मूला क्या है

आपको पता भैया मैं गैस नहीं देता मैं ये नहीं बोल रहा जॉन लगा दो मेहनत कर लो खून पसीना एक कर लो एडी चोटी का जोर लगा दो ये सब बोल रहा हूं क्या मैं फालतू uh, मोटिवेशन नहीं मेरे भाई रियल फॉर्मूला बिजनेस के मामले में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पे आ जाओ बड़ा बिजनेस बस बस बस इतना ही केपीआई मतलब डेटा ड्रिविन काम करना कैसे करना आपको डेटा hmm? ड्रिविन का मतलब है जिससे ना आप कुछ फॉर्मूला चेक करो प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट अगर आपका हजार स्क्वायर फीट का शोरूम है

आपका एक लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो एक लाख को हजार से डिवाइड कर दो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट कितना आ रहा है फिर वो बेंचमार्क से उसको इंप्रूव करो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू जितने लोग आ रहे हैं मेरा जो मेरा नाई है ना बाल काटने आता था मेरे उसके यहां एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू जो थी दो की थी मैंने उसको बताया कैसे कॉम्बो बना दे

और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू एवरेज ऑर्डर वैल्यू को पाँच रुपया कर दे उसने कॉम्बो बनाना शुरू किए जो कस्टमर बढ़ाना मुश्किल है लेकिन उसी कस्टमर से ज़्यादा पैसा लेना आसान है तो 200 में जो बाल काटता था शेव करता था उसने बोला मैं मसाज के साथ में बाल भी फ्री कर रहा हूँ काटना शेव भी फ्री कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ तो लोग जो है ना उसने मैंने उसको बताया कि ऐसा करो सेल्फी ले ले यार एक थीम उसको दिया वो बहुत चल गया उसको भाई मज़ा आ गया है कि नहीं

लोगों ने बोल 200 की जगह 500 का माल लेना शुरू कर दिया इसको बोलते हैं एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू आ, ऐसे ही अब लीड कन्वर्जन भाई जितना कस्टमर आ रहा है कितने को बेच पा रहा है पिछले महीने से ज्यादा रेवेन्यू करके देखा ये भी के हो गया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अब सेल क्रॉस सेल कितना कर रहा है एवरेज सेल्स साइकिल टाइम मतलब ये कस्टमर को कितनी देर में बेचता है क्यों, कई सेल्समैन होते हैं

वो उसके पास कस्टमर आया पंद्रह मिनट में भेज देते हैं कई सेल्समैन होते हैं उसके पास कस्टमर आया एक घंटा सब खोल के बैठ जाता है ये भी देख लो ये भी देख लो ये भी देख लो कस्टमर कंफ्यूज गोल चक्कर होता रहता है साइड में अमेज़न खोलता है और वो अपनी मम्मी को बोले मम्मी यहाँ से ले लेंगे माल भी नहीं बिकता नहीं है कि नहीं बिकता भी तो ये घंटे बाद जाकर बिकता है इसको क्या बोलते हैं एवरेज हैंडलिंग टाइम ए तो ये भी देखो कौन एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम लगा रहा है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स कौन डिस्काउंट ज़्यादा दे देता है

पूरे मार्जिन पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा ये सेल्स पर रिप्रेजेंटेटिव अगर आपकी एक लाख की सेल हुई है और आपने पास 10 10 आपके पास एम्प्लॉय है, है तो मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी दस हजार रुपए की सेल करता है तो जो दस हजार से ज्यादा की करता है उसकी ताली बजा दो, जो दस से कम की करता है उसकी ट्रेनिंग कर दो ये कुछ बढ़िया बढ़िया के होते हैं सेल्स पर एम्प्लॉय निकाल लो एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो निकाल लो है कि भाई आपने इससे बड़ा फायदा है एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो कि अगर आपके पास

रोज हजार कस्टमर आ रहे हैं और दस सेल्समैन हैं तो आपने निकाल लिया भैया कि मैं सौ कस्टमर पे एक सेल्समैन दिन भर में लगाता हूं जब फेस्टिवल का टाइम आता है हजार कस्टमर की जगह तीन हजार कस्टमर हो जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे एक महीने के लिए दस की जगह तीस आदमी करने पड़ेंगे क्योंकि आपका एंप्लॉय टू कस्टमर रेशो निकल गया हाँ कस्टमर कितने दिन तक आपके साथ ट्रांजेक्शन करता है क्योंकि कस्टमर रिपीट कस्टमर बन रहा है कि नहीं लॉयल कस्टमर बन रहा है कि नहीं प्रमोटर एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा

ये ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिटेंशन रेट कितना कस्टमर रिटेन हो रहा है रेफरल रेट कितना कस्टमर आया और कितने को नए साथ में लेकर के आया रेफरल किया उसने क्योंकि केपीआई जब आप कर देते हो तो इससे आप इंप्लॉइज को अकाउंटेबल कर लेते हो एंप्लॉयज अपने आप काम करते हैं आपकी प्रेजेंस के बिना काम करते हैं

आप जो है में बैठ करके कीर्तन कर रहे हो भगवान का जप कर रहे हो या दुबई के बीच पे पेमिनेट पी रहे हो पीछे से धंधा अपने आप चल रहा है क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा के सबको मेजर करना शुरू कर दिया लोग ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को समझ जाते हैं आपके एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होते हैं बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है उनको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होने लग जाती है तो यह केपीआई था आठवीं स्ट्रैटेजी है फिजिटल फिजिटल मतलब फिजिकल शोरूम के साथ डिजिटल भी जाओ बाइंग बिहेवियर बदल रहा है इंफॉर्मेशन एज है सब कुछ इंटरनेट पर दिख रहा है

सब कुछ इंटरनेट पर चल रहा है पहले लोग टच फील करते थे अब इंटरनेट से खरीद लेते हैं तो आप डिजिटल भी हो जाओ साथ साथ डिजिटल होने में घबराने की कोई जरूरत नहीं ये एक्सटेंशन है फिजिकल स्टोर का हुँ? आपको पूरे देश में जाने की जरूरत नहीं आप डिजिटल तुरंत फटाफट पहुंच जाते हो आप होम डिलीवरी दे सकते हो सर्विस का एक्सटेंशन है वो हमारे यहाँ बड़े सारे कोर्सेज है फिजिकल बिजनेस को डिजिटल बनाने के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग ई कॉमर्स मार्केटिंग ई मार्केटिंग बस आपने यह सब सीख लिया व्हाट्सएप मार्केटिंग आपने सीख लिया

तो आप कस्टमर को प्रोडक्ट भी भेज दोगे उसको प्राइस भी बता दोगे उससे परचेज भी करा लोगे उससे पेमेंट भी करा लोगे और अपना प्रॉफिट भी कमा लोगे बड़ा आसान है तो वो मुश्किल नहीं है आपके प्रोडक्ट में आएगी विजिबिलिटी जैसे प्रोडक्ट की डिजिटल बढ़ेगी विजिबिलिटी आपके धंधे में आ जाएगी इसकेलेबिलिटी

आसान है ये आप अपना Google पे Facebook पे सोशल मीडिया पे आप आजकल Google की लिस्टिंग बिजनेस लिस्टिंग बहुत होती है कि नाम एड्रेस फोन नंबर डाला अपना विजुअल कंटेंट सारा डाल दिया अभी मेरे पास ये ये कपड़े हैं आप रिव्यूज देने शुरू कर दिए एकदम बात बनेगी आपका लोगो वो डाल दो वहां पे सब काम हो जाएगा कस्टमर रिव्यू देने लग जाता है आपको इससे आपको लीड मिलेगी विजिबिलिटी मिलेगी डिस्प्ले मिलेगा बहुत अच्छा है ये आपके मार्जिन अपने आप बढ़ जाते हैं बीच में सारे इंटरमीडिएटरी खत्म हो गए इसको कमीशन दो उसको कमीशन दो कुछ नहीं सीधा कस्टमर को माल बेचो तीन सौ पैसठ बेच सकते हो क्योंकि इंटरनेट तो आपका रात को भी चलता दिन में भी चलता है

शोरूम तो आपका खाली दिन में खुलता है इंटरनेट तो आपका रात को दो बजे भी इंटरनेट पर दुकान खुली है आपकी दुकान इंटरनेट पर सुबह चार बजे भी खुली है छब्बीस जनवरी पर भी खुली है पंद्रह अगस्त को भी खुली है इंटरनेट पर तो आपकी दुकान हर समय खुली हुई है तो इसको सीखो आकर के हमारे भी कोर्सेस हैं बहुत सारे इसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो बोर्डलाइन नंबर फोन करके बहरहाल नोवी स्ट्रैटेजी अगर आपको ई का मतलब क्या है ई मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट

इसमें आपकी मेहनत कम है ब्रांड की मेहनत ज़्यादा है वो सारे आपकी मदद करते हैं मान लो आपने कोई भी ब्रांड उठा लो अभी सी आर की बात कर लेते हैं सी का ब्रांड उठा लो उसकी अपने लॉयल कस्टमर हैं उसकी अपनी बहुत बड़ी विजिबिलिटी है उसका अपना प्रूवन एक क्वालिटी और कमर्शियल वायबिलिटी है और आपको बड़ी अच्छी प्रीमियम अपील है उसकी ब्रांड का अपना एक विजन होता है उसकी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है उसके अपने ग्रोथ प्लान होते हैं उसके बाद अपने मार्केटिंग के बजट होते हैं आप थोड़ी कर सकते हो सारे बॉलीवुड वाले को ला दो

हमने अगर सीआराम का एग्जाम्पल लिया तो उन्होंने आजकल दीपिका पादुकोण के हस्बैंड को अपना ब्रांड मेडर बना रखा है और अब वो आएगा अपना आकर के वो तो पता ही आपको रंगीन कपड़े पहनता है तो अब आप तो नहीं आप दीपिका पादुकोन को या उसके हस्बैंड को ला सकते हो आसानी से कोई आप तो दुकानदार हो तो ई भी आप ट्राई कर सकते हो ई बड़ा अच्छा ऑप्शन है

Hmm? और रणवीर सिंह नाम है उसका मैं नाम भूल जाता हूँ मैं बॉलीवुड कम देखता हूँ तो वो जो है आप उसको आप, आप, आप आपको तो खर्चा नहीं करना है ब्रांड अपने आप खर्चा करता है ब्रांड का आपको सपोर्ट मिल जाता है ब्रांड आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन करा देगा आपको रेंट निगोशिएट करा देगा लैंड से hmm? आप अगर अच्छा ब्रांड होगा hmm? बहुत सारे ब्रांड हैं

लुई फलाना बहुत सारे हैं आप उसमें से अगर मान लो हमने अभी सी आराम की बात करी तो आपको ऑपरेशन आप तो की देंगे बिल्डिंग का सॉफ्टवेयर दे देंगे आपको वॉक इन कैसे बढ़ाओगे आपको लेआउट साइनेज हर एक चीज रेडीओ में आपकी टेंशन खत्म नया आदमी चालू कर सकता है

हुँ? अगर आपका एम बी ओ है मल्टीपल ब्रांड आउटलेट है तो तो पुरानी गल्ला चला आ रहा है दादाजी बैठते थे दादाजी के पिताजी बैठते थे अभी आपके पिता बैठते हैं अभी आप खुद बैठते हैं अपने बच्चों के लिए क्या करें क्योंकि भैया एम e, बी ओ को एक्सपेंड करना मुश्किल है ई बी ओ को आसान है ई बी ओ अब एक साथ दशरूम चला सकते हो एम में आपको खुद ही गले पर बैठना पड़ता है तो इंसान अपने बच्चों के लिए जगह बनाता है तोम बी उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है फ्यूचर बच्चों का आप सिक्योर कर सकते हो क्योंकि टेक्सटाइल के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी और जो बिल्कुल नए हैं वो भी अपने बच्चों को सूखा सूखा बिजनेस होता है

एबीओ का एकदम सूखा सूखा बिजनेस भाई कंपनी से ही माला है कंपनी की सारी स्ट्रैटेजी कंपनी का सारा सिस्टम आया कस्टमर भी आया वो कस्टमर को पहले शोरूम के बारे में पता है उसको पहले ब्रांड के बारे में पता है ओ सियाराम तो वो आएगा सियाराम का कपड़ा खरीदेगा चला जाए आपको अटेंशन टेंशन इसमें कहीं के पास जो कमर्शियल जगह होती है मॉल में कहीं पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कहीं पर कुछ लोग हैं जिनके पास काम है पर जगह नहीं है तो वो जगह लेके काम कर ले और कुछ नहीं जिनके पास जगह है पर कोई काम नहीं है

तो उनके लिए भी अच्छा है कि भाई क्योंकि ई बी ओ करना आसान है आपको ट्रेड का आदमी होने का जरूर जरूरत नहीं है कोई भी आदमी कर सकता है मैं आ, देखो आपको ना ई बी ओ में बिना बिजनेस के बैकग्राउंड के भी आप कर सकते हो आप मैकडॉनल्ड्स का या किसी भी खाने का किसी का भी आप फ्रेंचाइजी की तरह ई बी ओ चला सकते हो उसका हाँ आपको राइट फॉर्मूला दे, दे देते हैं सक्सेस का आपको अगर सिया राम वालों से बात करना तो उनसे भी बात करके देखो मेरे को क्योंकि उनका बड़ा अच्छा लगा मैंने खुद जा करके देखा उनका

बहरहाल ये बहुत सारे आज आपको, आपको बहुत सारे कोई भी फ्रेंचाइजीडियो को भेजो सबको आगे बढ़ाना जरूरी है इसलिए शेयर करना भी बहुत जरूरी है बहुत काम का वीडियो है और अगर आप भी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो ऐसी सारी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो अपने ब्रांड को बहुत बड़ा करना चाहते हो मेरा मोस्ट शॉर्ट आफ्टर कॉन्टेंट आ चुका लीडरशिप फनल

वो कंटेंट है जहा कोई गैस नहीं है ये थोड़ा प्रीमियम है इसमें खाली 300 सीट होती है एक हम फाइव स्टार सिक्स स्टार सेवन स्टार होटल में करते हैं इसको एयरपोर्ट के पास करते हैं जहां पे हम लोग बहुत केवल 300 सीट राइट

सीधा कर लेते हैं। आपका पहले ही पूरा कच्चा पढ़वा रियल लाइफ एक्साम्पल स्टी देते हैं एक्जीक्यूटिवल स्ट्रेटेजी देते हैं और एक गेम चेंजिंग कोचिंग डायरी देते हैं ये प्रीमियम कोचिंग डायरी कहीं नहीं मिलती है केवल उस प्रोग्राम में मिलती है वीकली असाइनमेंट रहते हैं उसके बाद कोच आपको वीकली असाइनमेंट फोन कर करके कराएगा असाइनमेंट करो भाई साहब

आप नहीं करोगे दूसरे नंबर से करेगा फोन आपको असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने अभी तक तो हैंडहोल्डिंग सपोर्ट है लीडरशिप फनल गेम चेंज प्रोग्राम है लोग कस में खाते हैं इसकी इसलिए अभी तुरंत अगला बैच आ गया है आप फटाफट पता कर लो सीट खत्म ना हो जाए लीडरशिप फनल में आपको लाइफ टाइम मेबरशिप भी हम फ्री दे रहे हैं और इस वीडियो को सारे रिटेलर्स तक पहुँचाओ पता नहीं फ्री कॉन्टेंट से किसकी कितनी मदद हो जाए बड़ी गेम चेंजिंग इसमें स्ट्रैटेजीज है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए लीडरशिप फनल के लिए फोन करके पता लगाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक